दोस्तों आज मैं आपको ऋणमोचक मंगल स्त्रोत्र पढ़ाने वाली हूँ ये स्तोत्र है जो जो है जिसके कुंडली में मंगल ग्रह की पीड़ा है उसकी वजह से पूरे कुटुंब में कलह निर्माण होता है पति पत्नी में झगड़े होते हैं कुछ नुकसान होता है कर्ज होता है कर्ज नहीं बिगता तो वो सब आपको अगर ये स्त्रोत्र हर रोज सुबह शाम घर में पड़े तो इसका पूरा इलाज हो सकता है लेकिन पड़ते समय आपकी श्रद्धा भावना भी होनी चाहिए कि इससे आपका जो दर्द है वो कम होने वाला है ये स्त्रोत्र इतना छोटा है पाँच मिनट के अंदर ये बोल सकते ये मैं अभी आपको बोल रही हूँ आप इसका वीडियो आपके घर पे लगा सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं आपके साथ कभी भी आप लर्न कर सकते हैं ये वीडियो तो आप ये स्तोत्र पढ़िए और इसको लर्न के लिए ठीक है और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें श्री गणेश श्री ऋणमोचकमंगन स्त्रोत्र श्री गणेशा है मंगलो मंगलोपुत्रशहरता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकाम विरोधका लोहितो लोहि लोहिताक्ष साम कृपाक धरात्मज कूजो अंगारुको भूतिद भूमि नंदना अंगारको यमशापहारकृष्टकर्तापर्ता चर्वकाम युजना श्रद्धा पटेत ऋणम न जायते तर घन शीघ्रपना धरणीगर संबुत्म विद्युतका सब्रभ कु शक्ति हत मंगल प्रणम राम स्त्रक पटनीय सदा नी नेशाजा भवति कवचित अंगारक महाग भगवन भक्त बत वत्सल ताम नमा मशेष मृणमाशु विनाशया ऋण रोगा दारिद्रम ये चाचापौमृत भये क्लेश मनस्ता नश्यंतो मा अतिवक्रदुराराध्यम भोग मुक्त जितात्मन तुष्टो दधांम्राज्यो हर, शी, हर शीत तक्षनाथम विरंचीशको मनुषा तेनासराजो महाबल पुत्रेय देहि देयी तामस्मी शरणतम ऋण दारिद्रम दुख शत्रुण मयाचित महतिम इति श्री श्री भर्गो ोत्रपणस्तु शुभम इतना सीधा और इतना सिंपल स्त्रोत्र है तो उसका आप पठन कर सकते हैं या आप ये वीडियो आपके घर पे ही घर पे ही सुबह शाम लगा सकते और आपका इसका आप अनुभव ले सकते हैं अनुभव आने के आप मुझे मेरे साथ आपका अनुभव शेयर करें धन्यवाद आपका सब्सक्राइब करें मेरा वीडियो सुन सुन लीजिए आपका मैं सतश आभारी हूँगी धन्यवाद